है ठीक हो हो तो तुम जो दूसौ टाइम बुरा टीको हालात भागे थीका। थीका। नहीं आलो पार्कों ता ता तो नहीं ना। क्या गो। आप नहीं तो वाला करना अबे लगती से उन्होंने अब आते नाम नहीं चिका पार्कमेंदा लिंग लीन बेस ठीक चारे मेड़ा पूरा तो ठीक अल्लाह कर तीन चार दिन चारे मुस्किला अरे दुनिया अल चिंतर चे अब चेन बेहन लगा चुना चलेगो तो उत्तम दांत पर सारी यार ने मना नहीं दे जा तो तो को? ने बड़े ओ खराब मड़े गि चेक जमा अब सरकार जी जो का ये ना? खासी तो खराब है ठीक है अरे भाई कैसा लग रहा बहुत भाई खराब है। अरे हम हम आए थे आपको देख रहे थे, तो में भी नहीं देख रहे तो यहाँ हम पूछे कि बोरा कि आपका तबियत खराब है दवाई लाया की नहीं हम पापा को बोल रहे हैं डॉक्टर को तो क्या कर रहा है पापा ओ, चाचा को बुलाया था अरे यार इस जमाने में ना तुम लोग कोई नहीं सुधरेगा तो झाड़पु ऐसी कुछ होने वाला नहीं है पहले डॉक्टर को भी दिखाना पड़ेगा ये तो आपको तो आपको नहीं नहीं पूरा कमजोर करा दिया है खाने मन कर रहा ठीक है ठीक ठीक है ना ना कुछ देर हो गया तो इसको पूजा ना अरे तो बता रहा, दो दिन, दिन पाठ से सब कुछ नहीं होता है पहले डॉक्टर घर भी दिखाई इसके बाद पूजा पाठ कराइए एक तरफ से नहीं होता है न इसको देखिए कितने कमजोर करा दे बंग बु करते ठीक बड़ा बढ़ा तो तो बुंग ऐसे नहीं चलेगा हम हम आगे हैं आगे हैं है अभी इसको हम डॉक्टर के ले जाएंगे आप क्या बोल रहे हैं थोड़ा ठीक है खर्चा लगे ठीक तो है हम लोग यही चीज है एक दो सौ रुपया को देखते हैं खर्चा नहीं करेंगे नहीं करेंगे अभी अभी इसको ज्यादा दिन करेंगे तो हॉस्पिटल में भर्ती होगा यहाँ आपका दस पंद्रह हजार खर्चा हो जाएगा वो अच्छा होगा क्या बाबू ना, ना हो ओ हम आज इसको ले जा रहे डॉक्टर घर हाना इसके बाद आप जो कीजिएगा कीजिएगा हम अभी इसको डॉक्टर घर ले जा रहे हैं जो चला अब कैसे हैं भाई? मस्त आप अब है आपके तो कैसे लग रहे हैं? लग रहा है तीस में बा बुजुदे जयोक अलीस्ता बहुत सुधरने कार अंधबिश्वास बहुत लिंग मुश्किल जाती है बंग बो संगे डाक्टर भेजान तो दरकारा समाज हुतुदा तो जे अब बंग बो संगे डाक्टर बहुत जरूरी है हाँ हाँ यही सेंदेशना चाहते हैं जैसे कि हम ओझा अकेले में भरोसा करते हैं डॉक्टर को कभी भरोसा नहीं करते हैं तो हमें सभी को देख के हम हमें चलना चाहिए डॉक्टर को भी और हमें ओझा भी ज़रूरत है है ना न